आज मैं फिर से आपके सामने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हुआ हूँ अब मैं उसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन है केंद्र से चाप कर्ण ए बी की दूरी 12 सेंटीमीटर और चाप कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी सेंटीमीटर अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राफ के आलेखन के लिए वाई धुरी पर संवेग और एक्स धुरी पर समय संवेग समय ग्राफ ढाल देता है इसका जो राइट आंसर होगा फोर्स मतलब बल अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे किलोवाट घंटा इकाई है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अक्री गैस है अक्री गैस जो है हमारी हुए हाइड्रोजन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉरी सॉरी सॉरी इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा अक्री गैस नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनड गैस तो हमारी जो हाइड्रोजन है वो अक्री गैस नहीं है बाकी ये तीन गैसें, अक्री गैसेस की श्रेणी में आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक आयत के सामने का दृश्य जब वह छैतीज समतल के समानांतर पर है और खड़ी सतह के अभिलंब पर है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इसका राइट आंसर होगा रेखा मतलब लाइन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अपने अच्छ जो स्थिर फिक्स रहता है पर खोरनी आयात से बनता है वह क्या कहलाता है वह हमारा जो प्रोसेस कहलाता है वह सिलेंडर मतलब बेलन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने किया गया जैसा मिश्रण में होता है इन गैस वेल्डिंग द गैस मिक्सर यू कंसिस्ट ऑफ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन एंड एसी क्लिन गैस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वह गहराई जहां तक भरने की सामग्री को आधार धातु से मिलाया जाता है क्या कहलाता है वे हमारा जो ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन डेप्थ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट धरती अवलोकन उपग्रह घूमते हैं द अर्थ ऑब्जर्वेशन और्थ सेटेलाइट रोटेट इसका राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट धातु का वैगुण जिससे वह शौक या आघात के सहन करता है क्या कहलाता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू विट Shock इम्पेक्ट इज कॉल्ड यह हमारा जो कहलाता है टफनेस कड़ापन सेचीलेपन का गुण होता है which the following has more elastic property? इसका जो right answer होगा option number C mild steel। Question नंबर next इनमें से कौन सी सामग्री के गुण स्प्रिंग के लिए उचित होनी चाहिए विच आर द फॉलोइंग मेटेरियल प्रॉपर्टीज सुड बी हायर फॉर स्प्रिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लचीलापन मतलब इलास्टिक सिटी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीमर इज एन एग्जाम्पल फॉर रीमर सका उदाहरण है रीमर जो है यह है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 एम mm एम का मेट्रिक चूड़ी का चित्रांक में है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 इंटू हंड्रेड इंटू टेन आयामों के वर्गाकारी प्लेट का ढेर है।, है तो घनत्व है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थर्टीन हंड्रेड किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक पिंड एक सीधी रेखा में 100 मीटर दूरी 10 सेकंड तय करता है पिंड का वेग क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मीटर प्रति सेकेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वे हस्तनल जिसको ब्लाइंड होल की चूड़ियों को सही गहराई तक पूर्ण करने के लिए उपयोग किया जाता है देंड टैप यूज फॉर फिनिशिंग द थ्रेड और ब्लाइंड होल टू द करेक्ट डेप्थ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉटमिंग टैप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रेषण पहिए को कसने से नट को तकली पर चूड़ीगत तकली के घोरने दिशा के में किया जाता है इन द ग्राइंडिंग व्हील टाइटिंग द नेट इज थ्रेडेड टू द स्पेंडिल इन ए डायरेक्शन टू द डायरेक्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपोजिट डायरेक्शन प्रेषण पहिए की सतह पर बाधा दूर करने और अपर्षक के भारी दानों को दूर करने को क्या कहलाता है इसका जो ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पतले भागों के ट्यूबों को काटने का उचित लोहा आरी के पिच कितना होगा द मोस्टल पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थिन सेक्शन लुबियस Each. इसका जो ऑप्शन नंबर बी जीरो mm. पॉइंट एट एम एम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ट्राई स्क्वायर विल बी बुनिया द्वारा मापन की प्रसुदता कितनी होती है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 एम mm लंबाई में 0.002 पॉइंट mm. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक कट फाइल में मध्य रेखा का दांत कोण है इन्हें सिंगल कट फाइल टी एंगल टू द सेंटर लाइने इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जहां सामग्री में भारी कमी है ऐसे में उपयोगी फाइल है The file used in in cases where there is a heavy reduction in material right answer फाइल यूजर इज एवी रिडिक सुरक्षा संकेत बोर्ड जो आकार में त्रिकोणी हो इसकी पीले रंग की पृष्ठभूमि है और उसके काले रंग के border के साथ एक संकेतक संकेताक्षर है जिसका मतलब क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा इंडिकेटेड सेफ्टी प्रोविजन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीट के मोटापे के मापन में उपयोगी निम्न में से कौन सा है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फीलर गेज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक हथौड़े की मुख्य विशेषता है स्पेसिफिकेशन ऑफ ए हैमर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेट एंड सेन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंडरवुड इलेवन प्लस सेवन मल्टीप्लाई एलेवन माइनस सेवन जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो बिंदु पी और क्यू दिए गए हैं, बीच की दूरी क्या होगी जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइव यूनिट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक रेखा एक्स वाई बराबर एट ग्राफ धूरी को काटना है पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कॉर्ड की, की अधिकतम लंबाई है इसका जो होगा 25% शराब घोल का अर्थ क्या है जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट है 25 ml एल एल्कोहल इन सेवेंटी फाइव एम इन वाटर एक गोले का सम्मित प्रेक्षण है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरकन नंबर नेक्स्ट एक एकीकृत एक एकी बाहरी चूड़ी के लिए शिखर और जड़ के बीच की दूरी है ब्लैंक्स जहाँ पी चूड़ी की पिच है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न में से कौन सा चित्रकारी में घटती स्केल का घोतक है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वन रेशियो टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया खत्ती इलेक्ट्रोडों का उपयोग करती है जिसका राइट आंसर होगा जी मिक वेल्डिंग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया जिसमें एक अलोमी मिस्र धातु को धातु के टुकड़ों के बीच में तरल अवस्था में प्रवेश कराया जाता है और ठोस बनने दिया जाता है क्या कहलाता है जिसका राइट आंसर होगा ब्रेजिंग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो टुकड़ों को अस्थायी तरीके से पकड़ने के लिए उपयोगी छोटी बेल्ट को क्या कहते हैं जिसका राइट आंसर होगा टैग वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पी एस एल वी और जी एस एल वी राकेट के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तक स्टेशन स्थित है इसका राइट आंसर होगा श्री हरिकोटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ड्रिल बिट में फ्लूट कुंडलित खांचा का कोण है जिसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आरपीएम में ड्रिल बिट घूरन काटने की गति इकतीस दशमलव चार मीटर प्रति मिनट और ड्रिल का व्यास 10 एम के लिए है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर उपकरण फीड की दिशा परिवर्तन तकलीफ के लिए उस दिशा में परिवर्तित करने के लिए में उपयोगी इकाई क्या है इसका राइट आंसर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्लिंग इज ए नर्लिंग क्या है नर्लिंग एक ऑपरेशन है इसका जो राइट आंसर होगा फॉर्मिंग ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उषमा पृथक्करण सामग्री में होनी चाहिए किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लो थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन नंबर क्स्ट एक तरल पदार्थ पांच मीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर एक हजार न्यूटन का बल डालता है दबाव कितनी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू हंड्रेड पासकर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेट लीड एंड पिच आर इक्वल फॉर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्टार्ट थ्रेड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी में छेद के मौलिक विचलन को कैसे सूचित किया जाता है जिसका राइट right आंसर होगा कैपिटल लेटर में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 प्लस माइनस 0.005 पॉइंट में टॉलेंस क्या होगी इसकी इसका राइट आंसर होगा 0.01 पॉइंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंबिनेशन ऑफ ट्वेंटी प्लस ये इसका जीरो right फाइव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ट्रांजेक्शन फी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द एंगल ऑफ टिफ इज सेंटर पंच सेंटर पंच का कोण कितना होता है इसका राइट right आंसर होगा 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंदरूनी घुमावी रेखाओं को काटने और घुमावी किनारों की छटाई करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे रिवेट सामग्री के लिए उपयोग नहीं किया जाता है इसका राइट आंसर होगा ढलवा लोहा कास्ट एरन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मसीनी काट तत्वों के लिए धातु के किनारे की रिविट के मदद से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए रिविट का ब्यास डी के लिए जिसका राइट आंसर होगा वन डी नेक्स्ट है सरफेस गेज इच वन ऑफ द इसका राइट आंसर होगा मार्किंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30.5 डिग्री कोण का अर्थ क्या है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए 30 डिग्री 30 मिनट छेनी में निकासी कोण और बिंदकोण झुकाव कुल कोण क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी 90 डिग्री एलुमोनियम सामग्री को काटने के छेनियों के लिए बिंदकोण पॉइंट एंगल कितना होगा एलुमिनियम को काटने के लिए पॉइंट एंगल जो होगा वह होगा थर्टी डिग्री नेक्स्ट वर्नियर में मेन स्केल डिविजन पर एक मुख्य स्केल विभाजन वन एम, एम और फिफ्टी समान विभाजन वर्नियर स्केल पर फोर्टी विभाजन होते हैं वर्नियर का न्यूनतम गणना है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एम टेन इंटू वन पॉइंट फाइव एम अंदरूनी टैपिंग के लिए आवश्यक टैप ड्रिल का साइज कितना होगा जिसका राइट आंसर होगा एट पॉइंट फाइव mm. एम इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट नंबर फाइव असिस्टेंट बोलिंग टेक्नीसियन